टॉपिक है पुलवामा अटैक पर तो पुल, हम जानते हैं कि पुलवामा अटैक जो हुआ था वो चौदह फरवरी दो को हुआ था और यह घटना जब हुआ था तो उसके दो महीने बाद इलेक्शन्स हुए थे और इस घटना के होने के बाद प्रधानमंत्री ने पुलवामा में शहीद 45 जवानों के नाम पर वोट मांगा था और हमारे देश के अनभभक्त गधे किस्म के जो लोग हैं उन्होंने शहीदों की शहादत के नाम पर अनभक्ति में बहकर बीजेपी का वोट दे दिया और जिसका परिणाम हम आज भुगत रहे हैं अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों पूर्व इसी प्रकार सीडीएस जो विपिन रावत है और 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट है उसकी मौत हुई और इसी के दो महीने उसी घटना के दो महीने तत्पश्चात यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं और कुछ चार पाँच स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो राजनीतिक दल और ख़ासकर जो आज की डेट में सत्ता में है उसका इतिहास रहा है कि जब तक दंगा फसाद ना कराया जाए शहीदों की शहादत ना ली जाए सैनिकों की शहादत ना ली जाए लोगों को ना मरवाया जाए लोगों में जात पात के नाम पर ना साम्प्रदायिकता ना भड़काया जाए तब तक उनको वोट ही नहीं मिलेंगे तो आज चलिए हम इसी टॉपिक पर कि पुलवामा कांड कैसे हुआ क्यों हुआ इसके आरोपी जो थे आज सजा क्यों नहीं पा उनको सजा क्यों नहीं मिली और इनके पीछे सरकार की क्या मंसा है क्या वह जो शहीद परिवार के सैनिकों के शहादत ली गई जो शही शहीद हुए क्या उनको सरकार न्याय दिला पाएगी या सरकार की इसमें कुछ संलिप्तता है हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर तीन साल होने वाले हैं इस घटना को तो सरकार ने इसके लिए क्या किया क्या कदम उठाया क्या दोषियों को पकड़कर सजा दी गई या दोषियों को बचाने के लिए सरकार काम कर करेगी तो 14 फरवरी दो को जम्मू कश्मीर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां पर सीआरपीएफ आर के जो जवान लोग थे उसकी गाड़ियों में सुरक्षा बलों को ले जाया जा रहा था जबकि इसके पूर्व ही भारत की जो खुफिया एजेंसी है रो हो सीबीसीआईडी हो चाहे सीबीआई हो चाहे एस हो जितने भी गुप्तचर संगठन है उन्होंने सरकार को हिदायत दी थी कि सैनिकों को राजमार्ग के रास्ते या स्थल मार्ग के रास्ते ना ले जाया जाए क्योंकि उन पर ऐसा अंदेशा जताया जा था सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गुप्तचर संस्थाओं द्वारा की उस पर हमले किए जा सकते हैं और यही हुआ जबकि सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को हर बार की तरह उस बार भी कई बार मना किया कि सड़क मार्ग से फौजियों को ना ले जाएगा उसकी जगह हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाए या जा अन्य जो संसाधन है उसका प्रयोग किया जाए लेकिन सड़क मार्ग से फौजी फौजियों को ना ले जाएगा और जब सरकार ने उच्चर संस्थाओं के बात को नहीं माना सुरक्षा अच्छा एजेंसियों के बातों पर ध्यान नहीं दिया तो ये घटना घटी थी और इस घटना के पश्चात तो फिर सरकार ने उसके नाम पे वोट मांगा और खुल कर मांगा बेशर्मों की तरह मांगा हम तो इसमें नहीं कह सकते हैं कि सरकार को इससे कोई फर्क पड़ा ऐसा लग रहा था कि सरकार चाह रही थी कि ऐसी घटनाएँ हो और वह इसका फ़ायदा उठाए और इस इस घटना को होने के बाद जब सरकार ने उनके नाम पर वोट मांगे कर्मियों की शहादत के नाम पे तो वहाँ पर शक होने लगी शक की उंगलियाँ उठने लगी शक की उंगलियाँ जब उठने लगी तो लश्कर तैयबा या जैस मोहम्मद के जो कमांडर जो आए थे भारत में उनके साथ वहाँ के जो डी है उनकी फ़ोटो लीक हो गई और वो फ़ोटो लीक होने के बाद जब न्यूज़ एजेंसियों में आई तो खलबली मच गई और सरकार ने इस खलबली को दबाने के लिए अपनी मशीन अपनी तंत्र को लगा दिया आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि मोदी सरकार को अपनी पूरी जो एजेंसियों को सरकारी एजेंसियों को उस घटना को दबाने के लिए लगाना था ये अगर देखा जाए तो ये कतई से ठीक नहीं लगता है लेकिन सरकार की जो मनोवृत्ति है ख़ासकर ऐसी घटनाओं में उस पर डाउट होता है शक होते हैं और इन शक की वजूहत पर अगर हम कहें ये घटना सरकार प्रायोजित ही थी अभी हाल फिलहाल में जो घटना घटी है जिसमें सीडीएस डी रावत और ग्यारह न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए ये घटना भी इसी तरह की लगती है सरकार को पता था और सी रावत और न्यूक्लियर साइंटिस्ट के हाथ में भाजपा उनके सहयोगी दलों के ख़िलाफ़ कुछ ऐसे सबूत मिले थे जो देशद्रोह की कैटेगरी में आते हैं और इसी की फाइल लेकर के जो एजेंसी और सी रावत और न्यूक्लियर साइंटिस्ट के लोग दक्षिण भारत के रल जा रहे थे वहाँ के जो फौजी संस्थान है, वहाँ का दौरा करने जा रहे थे और सुरक्षा के विषय पर बातचीत करने के लिए जा रहे थे लेकिन जिस मार्ग से उनको जाना था उस मार्ग से ना जा कर के वहाँ मार्ग को डाइवर्ट किया गया रास्ते को डाइवर्ट किया गया और हेलीकॉप्टर अचानक गिर गई, और गिरने के बाद ब्लास्ट हो गई इससे शक होता है कि कहीं उसमें कोई विस्फोटक तो नहीं लगाया गया था क्योंकि जब नेतागण वही हेलीकॉप्टर में बैठते हैं तो उनकी मौत नहीं होती है लेकिन जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट या थल सेना के अध्यक्ष हों वो बैठते हैं तो अचानक इतने हाई फाई जो हेलीकॉप्टर होते हैं वो ज़मीन पर गिरने पर लगते हैं तो ये कही कहीं ना कहीं शक का विषय है और ये शक के बीज बीज उठते भी हैं और उठना भी ज़रूरी है क्योंकि इस घटना के तत्पश्चात जब पुलवामा कांड हुआ था तो पुलवामा कांड के बाद जिस तरह की खबरें आई और उसकी जब जांच की गई एजेंसियों द्वारा तो एजेंसियों की जांच करने के बाद वहां डीजीपी जो जोगिंदर जो सिंह थे उनकी फ़ोटो जैश मोहम्मद लश्कर तैयबा के साथ पाई गई उनको जम्मू कश्मीर में लाने और उन तक आर डी में भी इनकी हाथ पाए गए और इनके पीछे सत्ताधारी दल के गिरोह काम करते जिस जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात होती है जहाँ पर पुलिस को ये पता होता है कि आम राहगीर के झोले में क्या है उसके टिफिन में क्या है उसको ये कैसे नहीं पता चल पाया कि तीन सौ किलोग्राम आरडीएक्स उसी रास्ते से आ रहा है उसको फौजियों के साथ ले जाकर उस गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया जाएगा ये बहुत ही एक तरह से भारत की जो सुरक्षा एजेंसियों हैं उसके लिए खतरा है और जो राजनेता इसके इन घटनाओं को कराते हैं या और इनका सहारा लेकर चुनावी राजनीति को चमकाते हैं उनको सर मारनी चाहिए उनको चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए से राजनेताओं को कि आखिर ये फौजियों की शहादत पर मगरमच्छ की तरह आंसू बहाते हैं और देश को बरगलाते हैं लोगों को बरगलाते हैं और झूठ बोलते हैं तो जब जोगिंदर सिंह को पकड़ा गया और जोगिंदर सिंह को पकड़ने के बाद उनकी पूछताछ की गई थी उनकी जो लिंक है बीजेपी के साथ खुलेआम पाया गया उनके जो संगठन हैं बीजेपी के साथ बीजेपी के जो बीजेपी के लिए बैटिंग करने वाले जो तमामतर संस्था संस्थान हैं हिंदू महासभा आरएसएस या बजरंग दल उनके साथ इसके लिंक पाए गए और जब इसकी जांच आगे बढ़ाई गई तो उनको सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल दिया लेकिन बड़ी असमंजस की बात है बड़ी अजीब बात लगती है कि उसको छुड़ाने के लिए सरकार 12 बजे रात में अदालतों को खुलवा लेती है पुलिस थानों को खुलवा लेती है और उसको अदालतें को बैठा करके उनको छुड़वा लेती है आखिर सरकार को कैसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि उसको इतनी रात में अदालतों को चाल। चालू करवा करके उसको छुड़ाना पड़ा ऐसी गतिविधियों को देखते हुए सरकार की ऐसी क्रियाविधि को देखते हुए शक होना लाजमी है कि मोदी सरकार की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फर्क है अभी समय है चेत जाइए अभी समय है संभल जाइए नहीं तो इस देश को बचाने के लिए अब कोई गांधी नहीं आएंगे अब कोई नेहरू नहीं आएंगे कोई सुभाष चंद्र बोस नहीं आएगा अगर आप और हम नहीं खड़े होते हैं तो इस देश का जो संविधान है वो बर्बाद कर दिया जाएगा और बर्बाद हो जब संविधान इस देश का बर्बाद होगा तो आप भी बर्बाद हो जाओगे और इस देश की बर्बादी हंड्रेड पर सौ फीसदी सुनिश्चित हो जाएगा इसलिए आज से ही संकल्प लें कि ऐसा ऐसे पृथक्तावादी नीतियों को अपनाने वाले घोडसे के फॉलोअर लोगों को मानने वाले पार्टियों को सत्ता से की, दूर दूर कीजिए और देश में जो जाति और धर्म की नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं अगर हमने आज इस पर ब्रेक नहीं लगाया आज इस पर रोक नहीं लगाया तो वह दिन दूर नहीं जब इस जहरीली हवा की चपेट में हमारे बच्चे भी आ जाएंगे और इस देश का भविष्य बर्बाद हो जाए और इस देश के भविष्य के बर्बाद होने के साथ साथ हमारा देश भी बर्बाद हो जाएगा इसलिए आज प्रण लें संकल्प लें कि हमें आंख खोलकर और ऐसी पार्टियों को ऐसे लोगों को वोट करना है जो देश में धर्म के नाम पर वोट ना मांगे जाति के नाम पर वोट ना ना मांगे देश में विकास के एजेंडे पर काम करें देश में पृथक्तावादी देश को तोड़ने वाले गतिविधियां में भाग ना ले और देश के विकास के लिए हर तरह से प्रेरित हो ऐसे सांसदों ऐसे एमएलए को वोट दीजिए ऐसे लोगों को चुनाव कीजिए ना कि की चोर डकैतों की जिन पर तरह तरह की धाराएं लगी हो जिन पर दंगे भड़काने के आरोप हो जिन पर मर्डर के आरोप हो जिन पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप हो तरह तरह के जो भारत की जो आईपीसी की धारा के जो अत्यंत ही खतरनाक और संवेदनशील धाराएं जो मानी जाती है वो लगी हुई हो और फिर भी वो राजनेता चुन करके आते हो ये बड़े शर्म की बात है और जब ऐसे लोग जब चुन के आएंगे तो वो देश के लिए नहीं काम करेंगे इसलिए कसम खाइए जो भी हो हम तो ऐसे लोगों को कभी संसद में या राज्यसभा में पहुँचने ना दें अन्यथा देश की बर्बादी 100 प्रतिशत सुनिश्चित धन्यवाद